हरिद्वार पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या की गुत्थी 48 घंटे के अंदर ही सुलझा ली है पुलिस ने पता लगाया कि बुजुर्ग महिला की हत्या उसके घर पोताई करने वाले शख्स ने ही की है आरोपी ने पहले महिला के घर में चोरी की जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसने मनगढ़ंत कहानियां रचकर महिला को चोरी का सामान दिलाने का भरोसा दिलाया और उसे ऑटो में ले जाकर उसकी हत्या कर दी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है हरिद्वार में निखिल कुमार नाम के व्यक्ति ने अपनी माँ सुनीता की गुमशुग्गी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को पता चला कि सुनीता एक व्यक्ति के रिक्शे में बैठकर कहीं गई थी पुलिस ने उस व्यक्ति का पता लगाकर उससे सख्ती से पूछताछ की उस व्यक्ति ने अपना सारा गुना कबूल कर लिया दरअसल इस व्यक्ति का नाम नसीम है और ये महिला के घर पर पुताई का, का काम करता था इसी दौरान उसने महिला के घर से ज्वेलरी और पैसे चुरा लिए जिसकी भनक महिला को लग गई उसने इससे पूछा भी लेकिन इसने बहाना बना दिया और मनगढ़ कहानी रखते हुए कहा कि एक बाबा हैं जो आपकी ज्वेलरी और पैसे के बारे में बता सकते हैं महिला इस पर विश्वास करके इसके साथ बाबा से मिलने ऑटो में बैठकर चली गई रास्ते में इसने महिला को नहर में धक्का दे दिया जिससे महिला की मौत हो गई पुलिस तो ने आरोपी के घर से चोरी का सामान बरामद कर लिया है कोतवाली में दो दिन पूर्व जो आठ तारीख को सुनीता देवी है पैंसठ साल के करीब की, की उम्र है और पीठ बाज़ार में रहती इनकी गुमशुदगी इनके बेटे द्वारा लिखाई गई थी जो गुड़गांव में कार्यरत हैं और इस गुमशुदगी लिखाने का उनके द्वारा बताया गया कि उनकी माता जो है प्राता जो है अचानक से चले गए थे, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं आए। सूचना पर वो गुमशुदगी लिखाने वहाँ से आया और उस पर गुमशुदगी लिखवाई गई क्योंकि एक बुजुर्ग महिला इस तरह से अचानक से बिना बताए घर में भी एक पोता उनका 12 साल का था और इस तरह से जाना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था इसलिए तत्काल इसमें जो है थाना और एसओजी वाले जो हमारी सी की टीम है इनके द्वारा पहले हमने पूरी सी फुटेज को चेक किया कि किस संभावित रास्ते पर गई होंगी उसमें एक ई रिक्शा से जाते हुए वो दिखी वहाँ पर और उसमें एक व्यक्ति भी दिखा साथ में तो चूँकि इस व्यक्ति की पहचान उस समय नहीं हुई थी तो कहीं ना कहीं संदिग्धता प्रकट हो रही थी क्या माजरा हो सकता है चूँकि रात तक वो वापस मिली भी आई भी नहीं तो इसके आधार पर जितने भी कॉल डिटेल वगैरह उनकी थी और चीज़ों को हमने एनालाइज किया तो उसके बाद पाया कि पथरी रोपल के पास लोकेशन आ रही थी लास्ट में जो फोन था और जो संदिग्ध नंबर भी था इसको देखते हुए हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ई रिक्शा चालक को भी ट्रेस आउट किया उससे पता चला कि उसने एक बुजुर्ग महिला और एक व्यक्ति को जो है पथरी रोपुल के पास छोड़ा था और इससे इस घटना में लगा कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी की बात है और उसमें वसीम नाम के जो व्यक्ति को उस पर पूछताछ के लिए जब इसमें संदिग्धता के आधार पर पूछताछ गई तो सारा घटनाक्रम खुला कि वह पूर्व पर पताई का काम कर चुका है और लगातार बीच-बीच में काम काम करता है कुछ दिन पूर्व उसने इसी काम के बहाने उनके हाँ से ज्वेलरी को चोरी कर ली थी जिसका शक आ, सुनीता देवी जी को उनके ऊपर हो गया था और जिसके बारे में उनका कहना था अगर कि, कि नहीं बताएगा तो पुलिस में शिकायत करेंगे इस घटना को बचने के लिए उसने एक कहानी रची कि एक्चुअल चोर के बारे में और आ, किसने चुराई आपकी ज्वेलरी इसको एक बाबा बता सकते हैं और आपको अगर आएंगे तो वहां उनसे मिलवा देंगे उस पर विश्वास करके वो उसके साथ चले गए और पथरी रो पुल के पास पहुंचने पर पा उसने उनकी इयर और अगूठी भी उतरवा ली और नदी में धक्का दे दिया साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया कि वो डूब बाहर ना निकल पाएं किसी कारणों से और इसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसमें पुरानी ज्वेलरी जो मिली और जो पहन के गयी थी वो भी बरामद हो गयी है मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है